ये भाई हमरा ना बार बार पैंट में साफ हो जाता है जाये हम फन्ना डॉक्टर के दिखावे अरे तोहनियों को का तो बीमारी बा? बात तो यारुष्पा ट्रेंड आता है तो गैस में आता रात भर पेटर रे, रे हमको तो मिर्गी आता है चलो न दिखा ली हल प्रॉब्लम है वो डॉक्टर गाना गवाता है यार वहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्या है वो डॉक्टर गाना गवाकर बीमारी का इलाज करते है चलो चलो फिर गाना गा के बताएंगे चलो नाम डॉक्टर साहब अंदर क्या आइए आइए क्या दिक्कत है आपको जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं धुआं चले अच्छा गैस की बीमारी है जी जी डॉक्टर साहब या दवा लीजिए समय पर खाइएगा आराम हो जाएगा आपको क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है आपको टिप, टिप बरसा पानी पानी में आग लगानी अच्छा पैंट्रे पैसा हो जाता है जी जी सही डॉक्टर साहब यह दवा लीजिए समय पर खाइएगा सही बजे डॉक्टर साहब आपको क्या दिक्कत है मेरा मन मेरा तन दे, मेरा दिल के दे। अब कौन बजाए अच्छा नहीं हुआ जी जी जी ठीक है यह दवा लीजिए समय पर खाइएगा सही हो पुष्पा ठीक है इसको उठाइए तो मैं झुकेगा जाइएगाष्पा तुम्हारा इलाज करना मेरे बस की बात नहीं जाओ पुष्पा से मिलो मैं मिलेगा नहीं साला।